हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आई ओब आप अच्छे होंगे तो आज का जो हमारा कंटेंट है वो एक सैमसंग के ऊपर है सैमसंग मोबाइल के ऊपर है तो मैं बताना चाहता हूं कि ये एक सैमसंग का फ़ोन है J2 है J2 फ़ोन है जिसमें नेटवर्क नो सर्विस इशू के वजह से आया था तो मैंने जब इसको फाइंड आउट किया तो देखा तो इसकी जो आई थी फ़्रेंड्स तो आई इसकी जीरो, जीरो हो चुकी है किसी टेक्नीसन ने आज जो भी इसमें काम किया है या जो भी था तो इसकी आई एम हो चुकी है जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड तो उसके कारण इसमें नो सर्विस का इशू आ रहा है तो चलिए इसको हम पूरा फाइंड आउट करते हैं सब कुछ कैसे क्या करना है आई मी इज़ चेंज इन लीगल लीगल नहीं है बिल्कुल भी इन लीगल है तो कभी भी आप रिपेयर करें और चेंज करने की कभी भी कोशिश ना करें फ्रेंड जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये सारा चीज़ तो इसको हम सारा प्रोसेस करेंगे वीडियो के लास्ट एंड तक देखिएगा इसको हम रूट करेंगे और रूट करने के बाद इसको रिपेयर करेंगे इसकी आई एम को और देखते हैं फिर हमारा आता है कि नहीं आता है चलिए फ्रेंड्स और इसका जो भी है लीगल आई एम इसमें राइड होगा और इसमें मैं दिखाना चाहता हूं इसकी जो लीगल आई मी है तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा देखिए यहां पे ईगल लीगल जो भी इसकी आई है यहाँ पर आप, आप देख सकते हो ये ब्लर हो रहा है तो इसका जो भी आई एम आई लीगल है यहाँ पे लास्ट में सेवन है तो हमने इसकी आई मी आई टाइप करके रख दी है मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये आप देख सकते हैं आई मी मैं आई इसकी मैंने रख दी है तो एक बार जूम करके ये देख सकते हैं फाइव सेवन लास्ट में फाइव सेवन हुआ भी है और यहाँ पे भी लास्ट में फाइव सेवन है तो आप रिपेयर करें कभी भी चेंज ना करें तो चलिए वीडियो को लास्ट लास्ट तक ज़रूर देखिएगा रिपेयर करने के लिए जो जो आपको जरूरत है मैं आपको पहले बता देता हूं तो इसके लिए सबसे पहले आप, आपको इस फोन का TWRP फाइल चाहिए और उसके बाद चाहिए तो दो फ़ाइल की जरूरत पड़ेगी इसको फ्रेंड तो सबसे पहले हम वीडियो को देखना करते हो फटाफट हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे और सारा चीज हम स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस को करेंगे तो फोन को फ्रेंड हमें करना क्या है सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे लाइव भी करके दिखा रहा हूँ सारी चीजें तो सबसे पहले हमें इस टी फाइल को हमें फ्लैश करना है अपने मोबाइल में जैसे उसकी रिकवरी चेंज हो जाएगी और रिकवरी चेंज होने के बाद हमारा जो सुपर सू है वो इंस्टॉल हो जाएगा तो उसके लिए फ्रेंड्स हमें जाना होगा मैं जेट फ्लिक्स यूज़ कर लेता हूं और अपना मॉडल सेलेक्ट कर लेता हूं जी दो सौ दस एफ हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलेक्ट हमने कर लिया है अब उसके बाद हमें जो इसकी फाइल है टी डब्ल्यू जहाँ हमने यहाँ पर रखी हुई है डेस्कटॉप पर रखी हुई है तो हम डेस्क टॉप पर जाएँगे और देख सकते हैं हमारी टी डब्ल्यू आर फाइल यहाँ पर रखी हुई है तो TWRP फाइल को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर देते हैं उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद सिंपल इसको डाउनलोड मोड पे आपको लाना है तो डाउनलोड मोड पे आपको पता ही है कैसे फ़ोन को डाउनलोड मोड पे हम लाते हैं वैल्यूम डाउन होम बटन और पावर की तो उसको करने के बाद पे आपको कनेक्ट कर देना और सीधा आपको यहाँ पर फ्लैश कर देना है नॉटफाउंड और यहाँ पे देखिए हमारा कनेक्टेड हो चुका है और सिंपल तरीके से हमारा ओके हो चुका है अभी जब फ़ोन प्रॉपर ऑन हो जाएगा फ्रेंड्स उसके बाद आपको सारा स्टेप बाय स्टेप में ही मैं करके दिखाने वाला हूँ तो जब जैसे हमारा ये फोन अभी ऑन हो जाएगा ऑन होने के बाद हमें ये जो फाइल है ये जो हमारी सुपर सुपी फाइल है अपने फ़ोन की आ, लोकल डिस्क में रख देना है आ, लोकल स्टोर में आपको वहाँ पे रख देना है फोन के स्टोर में तो मैं फ़ोन का स्टोर अभी ओपन करूँगा सारी चीज़ें तो फटाख से क्योंकि वीडियो देर ना करते हुए मैं सारा स्टेप बाय स्टेप ही करने वाला हूँ फ्रेंड्स कोई भी वीडियो वापस क्लिक नहीं करिएगा फ़ोन हमारा भी स्टार्ट हो रहा है जैसा कि आप देख सकते हैं तो फोन अभी मैं वेबकैम तो ओपन नहीं किया हूँ हालांकि वेब कैम्प से भी मैं दिखा सकता हूँ यहाँ पे सारी चीज़ें और ये हमारा फोन ऑन हो चुका है यहाँ पे हम अलाउ कर देते हैं यहाँ पे हम गए और इसको हम कॉपी कर लेंगे और कापी करने के बाद हम इसको लोकल डिक्स में रख देंगे तो यहाँ पर हम गए ये हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पर फाइल ट्रांसफ़र आ, फाइल ट्रांसफर करेंगे फाइल ये आ गया हमारा और यहाँ पे हम इसको बाहर इसको पेस्ट कर देंगे हमने यहाँ पे फाइल को पेस्ट कर दिया है इसको कट करेंगे अब आपको मोबाइल में करके दिखा देंगे कि क्या क्या प्रोसेस आपको करना है मैंने एक हाथ से इसको यूज़ नहीं कर पाया फ्रेंड आपको दिखाया नहीं आपको फ़ोन को रिकवरी मोड पे ले जाना है फ्रेंड्स आपको फ़ोन को रिकवरी मोड पे ले जाना है जैसा कि आप देख सकते हैं तो इस फ़ोन को मैंने रिकवरी मोड पे ले आया तो आप यहाँ पे इंस्टॉल पे जाएंगे इंस्टॉल पे जाने के बाद आपकी जो नीचे फ़ाइल है फ्रेंड्स ये स्क्रीड नीचे होगा तो आप ये देख सकते हैं जो हमने यहाँ पर फ़ाइल डाला हुआ था अपडेट सुपर सू ये आपको कर देना है इंस्टॉल थोड़ा सा टच का इशू हो सकता है आपका भी तो हम इसे कर देते हैं आपको इस जो हमने यहाँ पे इसके लोकल रिथ डाला था आप इसको कर देना है जैसे आप प्रेस करेंगे आपको सीधा यहाँ पे यहाँ पे राइट स्वैप कर देना है यहाँ पे ये यह हमने कर दिया और ये जो फाइल थी अब स्ट्रैक ओवर करके यहाँ पे हमारा सुपर सु। इंस्टॉल हो जाएगा जैसे कि आप देख सकते हैं मैं आपके सामने लाइव ही कर रहा हूं फ्रेंड्स सारा चीज़ तो आपको सबसे पहला स्टेप था कि आपको यहां पे इसको टी डब्ल्यू आर फाइल डालनी है टी डब्ल्यू आर फाइल डालने के बाद यहां पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि सुपर सू हमें इंस्टॉल करना था तो रिकवरी में आपको जाना है रिकवरी आपको वैल्यूम अप होम बटन और पावर की को प्रेस करते तो ये फ़ोन रिकवरी मोड पे जैसे ही जाता तो यहाँ पे इंस्टॉलेसन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है जैसा कि हमने आपको दिखाया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा चल रहा है बहुत ईजी तरीके से जैसे ही हमारा ये सुपर सु इंस्टॉल हो जाएगा फ्रेंड्स और फिर उसके बाद हम आई को रिपेयर कर सकते हैं आई मी आई इन लेगल आप उसे कभी भी नहीं करेंगे अब यहाँ पे सिंपल हमें रिबोट सिस्टम पर क्लिक कर देना है थोड़ा सा इशू हो सकता है टच का आपका ये आपका सॉफ्टवेयर में तो ये हमने रिवूट कर दिया है अब फ्रेंड सारा स्टेप बाई स्टेप आप देखिएगा रिवूट करने के बाद क्या प्रोसेस है सारा प्रोसेस आप वहाँ पे लाइव ही देखेंगे ये वही मॉडल है जैसा कि मैं आपको दिखाया था सारी चीज़ें यहाँ पे तो जस्ट सेकेंड अभी चालू हो जाएगा हमारा फोन ये तो बिलो को लास्ट इंट तक आप जरूर देखेंगे तब जाके आपको प्रॉपर समझ में आएगा जे दो सौ J26 टू सिक्स तो बस जैसे ही ऑन हो जाता है फ्रेंड तो फ्रेंड हमारा ये फ़ोन स्टार्ट हो चुका है अब जैसे ही फ़ोन हमारा स्टार्ट हो गया है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ये सुपर सू सु, ये इंस्टॉल हो चुका है अब आपको जाना है सेटिंग में जाना है सेटिंग में जाने के बाद आपको जाना है अबाउट में अबाउट में जाने के बाद फ्रेंड्स आपको जाना है यहाँ पर सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में जाके आपको बिल्ड नंबर पर सात बार टैप करना है उसके बाद आपको बैक करना है बैक करने के बाद फिर से बैक और उसके बाद हमें आना है डेवलपर ऑप्शन में डेवलपर ऑप्शन आने के बाद हमें यूएस बी को ऑन कर देना है यूएस बी को इनेबल कर देना है बस इतना ही करने के बाद आपको फोन को डाटा केबल से लगा देना है और बाकी का प्रोसेस हम अपने पीसी में आपको दिखाते हैं फ्रेंड जैसे आपको यूएसबी डिवर्किंग को ऑन कर देना है डाटा केवल से आपको फोन को लगा देना है फ्रेंड्स और आपको डिवाइस मैनेजर में ये देख लेना है कि हमारा एंड्रॉयड बन रहा है कि नहीं बन रहा है सारा चीज़ अब उसके बाद हमें करना क्या है अपने जेट में आना है फ्रेंड जेट में आने के बाद यहाँ पे आपको जाना है रिपेयर में रिपेयर में जाने के बाद जो हमारी लीगल आई है हम उस आई को यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं फाइव सेवन और ये दूसरी वाली भी हम ले लेते हैं यहाँ पर कापी और यहाँ पर कर देंगे पेस्ट ये पे आप देख सकते हैं और इसको कर देना है आपको टिक और यहाँ पे आपको देख लेना है कि डीबी का इंटरफेस बन रहा है कि नहीं बन रहा है जैसा कि यहाँ पे हम कर देते हैं अलाउ आपके स्क्रीन में एक अलाउ का मैसेज आएगा तो जैसे ही आपका ये आ जाएगा अगर आपका ये यहाँ पे नहीं आता है ऑफिशियल आता है तो नहीं काम करेगा यहाँ पे जी दो सौ ऐप आप, आप देख सकते हैं डिवाइस हमारा हो चुका है अब सिंपल ओ सिंपल हमें कर देना है रिपेयर तो यहाँ पर हम रिपेयर पे कर देते हैं टिक और ओके हमारा ए ड्राइवर हमारा कंप्लीटली ओके okay है और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे राइट हो रहा है अभी यहाँ पे एक आप परमिशन मांगेगा आपसे ग्रांटेड का सुपर सु सू। आपको ग्रांट का एक परमिशन मांगेगा आपके मोबाइल स्क्रीन पे तो अगर आप नहीं देंगे तो आपका नहीं होगा फ्रेंड देख सकते हैं फ़ोन हमारा रिस्टार्ट हो चुका है अब मैं मोबाइल के माध्यम से आपको दिखाऊंगा कि हमारा काम हुआ कि नहीं तो फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा ये डाटा केबल से लगा हुआ है फ्रेंड आप इस फोन को देख सकते हैं ये डाटा केबल से हमारा ये लगा हुआ है तो बेसिकली आपको सारी चीज़ें यहाँ पे हमने जो करके देखा स्टेप बाय स्टेप अब इसमें देखते हैं कि हमारा जो आई एम आई था वो रिपेयर हुआ कि नहीं हुआ तो इसको ओपन करते हैं ओके okay करते हैं और उसके बाद चेक करते हैं कि हमारा जो आई एम आई था वो रिपेयर हुआ कि नहीं तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आई जो था जो जीरो हो गया था वो बहुत ही सक्सेसफुली से रिपेयर हो चुका है तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा तो ऐसे ही आप किसी भी आ, मतलब मॉडल का आप नेटवर्क और नो सर्विस आप रिपेयर कर सकते हैं तो चलिए वीडियो आ, के मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच